नमस्कार राम राम साथियों आठ फरवरी का दैनिक राशिफल क्या शुभता लेकर के आया है मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों आज के दिन को प्रभावी व शुभ बनाने के लिए बेहतर से बेहतर उपाय जो हो सकते हैं वह हम आपको बताएंगे साथ ही साथ दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और ये पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो देखिए दर्शकों विक्रम संबत 2076 हजार छिहत्तर शख आज जो तिथि रहेगी ये शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है ब्रह्मावस्थ पुराण का उदाहरण लेते हैं चतुर्दशी तिथि के दिन शहद का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही होती है तथा ये जो तिथि रहेगी चतुर्दशी तिथि चार बजकर दो मिनट तक की रहेगी शाम को इसके बाद फिर पूर्णिमा तिथि लग जाएगी आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा जो पूर्णिमा का व्रत रहना है ये नौ तारीख को रहना है आठ तारीख को आप लोग व्रत मत रहिएगा साथ ही साथ दर्शकों जो है पूर्णिमा तिथि के दिन क्या नहीं करना चाहिए तो पहली बात तो किसी भी प्रकार के शारीरिक रिलेशन नहीं बनाना चाहिए कासे के पात्र में सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्म व्यवस्था पुराण में है जैसे आप लोगों ने प्लान किया होगा कि रात में साग बना के खाएंगे तो बिल्कुल मत खाइएगा शास्त्रों में मना है मनाइए पुराण में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से तीसरा दर्शकों जो लाल रंग के साग होते हैं इसका सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार के अनिति के काम नहीं करने चाहिए मांस मदिरा धूम्रपान इत्यादि नहीं करना चाहिए बहुत भारी दोष पड़ता है नक्षत्र जो रहेगा दर्शकों ये रहेगा पुष्य उसके बाद अश्लेषा पुष्य जहा शनि का नक्षत्र है और अश्लेषा बुद्ध का नक्षत्र है इसके बाद वरिष्ठ और करण रहेगा साथ ही साथ योग जो है ये आयुष्मान और सौभाग्य योग रहेगा शुभ समय पर आ जाते हैं आज का शुभ समय क्या रहेगा तो दोपहर ग्यारह बजकर अट्ठावन मिनट से बारह बजकर बयालीस मिनट का टाइम आप लोगों के लिए यकीन मानिए बहुत अच्छा रहेगा आप लोग यदि किसी कार्य को करेंगे तो निश्चित इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी वही अशुभ समय पर आ जाते हैं जिसको राहु काल के नाम से जानते हैं सुबह नौ बजकर छत्तीस मिनट से दस बजकर अट्ठावन मिनट तक कुछ समय रहेगा ये राहु काल रहेगा दर्शकों जो चंद्रदेव चलायमान रहेंगे ये कर्क राशि अपने ही घर में ये चलायमान रहेंगे पावरफुल स्थिति में रहेंगे सूर्य देव मकर राशि में चलायमान रहेंगे शनिवार दिन रहेगा और दिशा पूर्व की ओर रहेगा तो आज पूर्व दिशा की ओर दिशा है पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा लेकिन यदि करना पड़ जाए तो अदरक का सेवन करके आज आप लोग यात्रा कर सकते हैं अदरक वाली चाय पी करके आप यात्रा कर सकते हैं और पहले पश्चिम की ओर आपको चार पग जाना होगा तदउपरांत आपको पूर्व दिशा की ओर चलना होगा तो ये तो था दर्शकों बेसिकली हमारा पंचांग अब राशि फल पर आगे बढ़ते हैं और राशि फल में जो हमारी पहली राशि आती है ये आती है एरीज एरीज मतलब मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप पारिवारिक रिश्तों के बीच आज सामंजस्य बनाने में सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शाम को बच्चों के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है कई दिनों से रुके हुए काम आज शनिदेव की कृपा से पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं और आपको आपके कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है मेष राशि के जातकों स्टूडेंट्स हैं और बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आज आप लोग सफल होंगे लम्बेट के लिए आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन है आज मेष राशि के जातक अपने एकाग्रता के बल पर अपने सभी कामों में सिद्धि प्राप्त करेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो मंदिर में शहद का दान करिए तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे शुभ रंग रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा एक वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जातकों आज आपका वैवाहिक जीवन काफी उमदा रहेगा जीवनसाथी के साथ आज आप लोग डिनर का प्लान बनाने बाहर जा सकते हैं बाहर खान होगा आज अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो काम पूरा हो जाएगा आज आपको किस्मत का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा पूरा पूरा भरपूर साथ मिलेगा उच्च अधिकारियों की मदद से मन आज आपका गदगद हो जाएगा किसी पुराने विवाद में समझौता होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड खास करके यदि कोई विवाद है आज आपका ध्यान संतान की ओर अधिक रहेगा परिवार में हंसी मजाक का माहौल बना रहेगा खुशनुमा रहेगा कारोबारियों को धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है फिलहाल आज सफलता आपके कदम चूमेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज दशरथ की चालीसा का आपको पाठ करना दोस्तों के साथ कहीं मौज मस्ती कहीं एंजॉय करने के लिए बाहर आप लोग जा सकते हैं क्योंकि तो वीकेंड यही है ऑफिस का जरूरी काम आज आप लोग जल्दी निपटाएंगे सेहत के मामले में आज आप खुद को बहुत ही ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हुए दिख रहे हैं आज जीवन साथी के साथ आप आ, किसी बेहतर मुद्दे पर बात करेंगे आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ होगा इससे आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी और कार्य क्षेत्र में आज नए नए आप लोग आयाम स्थापित करेंगे जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आसपास के लोगों से आज, आज आपको मदद मिलेगी आज आपको व्यवसाय में भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी दैनिक कार्यों में आज आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी ज़रूरतमंदों को आज आप लोग पका हुआ भोजन कराइएगा इससे आपके सुख और भाग्य में वृद्धि होगी शुभ कलर रहेगा नीला और रहे नए का कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी जिससे आज कुछ नया आप लोग सीख सकते हैं आज कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं, स्वास्थ्य का पाया इनका कुछ कमजोर होता हुआ दिख रहा है किसी को उधार पैसा देने से आज आपकी आर्थिक स्थिति कुछ प्रभावित हो सकती है इसलिए पैसों के मामले में आज आपको सोच समझ करके फैसला लेना होगा आज काम का बोझ जो आपके रहेगा ये बहुत हद तक ही कम होगा कोई नई नौकरी आज आपको प्राप्त हो सकती है आपके द्वारा किए गए कार्यों का क्रेडिट आज आपको मिलेगा उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे फिर कुल मिला करके कर्क राशि के जातकों के साथ सब कुछ बेहतर होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग सुंदर कांड का पाठ करिए साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जा करके और आंवले के तेल से हनुमान जी को नहला दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक अगली राशि पर बढ़ते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव की राशि है सिंह राशि पर आते हैं लियो पर तो सिंह राशि के जात आज आप किसी पुरानी बात को लेकर के परेशान हो सकते हैं लेकिन शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा आज आपके मन में किसी बात को लेकर के कुछ शक बना रह सकता है आज घर पर अचानक से कोई आपका पुराना चिरपित जो है चिरपरिचित मित्र आ सकता है आज आप उनके साथ बाहर जाकर के लंच का आनंद ले सकते हैं ऑफिस के किसी काम में आ रही बाधाएं किसी सहकर्मी की मदद से दूर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहेगी और आज आप लोग जंक फूड को एवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा कुल मिलाकर के आज आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है शनि मंदिर में जाकर के एक सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना रहेगा और ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार आज आपको जाप करना होगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा वाइट और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा पांच कन्या राशि के जातकों क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपके सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे आज आप बच्चों के साथ खुशी के पल बिताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके सकारात्मक विचारों से आज खुश होकर के आज आपके बॉस आपको गिफ्ट दे सकते हैं कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको दे सकते हैं आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है जो आगे चलकर के फायदेमंद रहेगी व्यापार में अचानक आपको धन लाभ के सु अवसर प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं खास करके जो छात्र शोध से रिलेटेड है इंजीनियरिंग से रिलेटेड है मार्केटिंग से रिलेटेड अपना मार्केट का काम करते हैं उनके लिए आज का दिन काफी सितारे दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज काली माह की साबुत दाल आप लोग धर्म स्थान पर दान करिएगा साथ ही साथ आज दशरथ के शनि स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा तीन लिब्रा तुला राशि आज कुछ काम समय से आपके पूरे हो सकते हैं और कुछ काम आपके पेंडिंग हो सकते हैं लटक सकते हैं तुला राशि के स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने की आज ज़्यादा जरूरत रहेगी कारोबार में धन लाभ होने की आज प्रबल संभावना है किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आज, आज आपके करियर को बदल सकती है आज आपको रोजगार के उचित सुअवसर प्राप्त होंगे किसी काम में जल्दबाजी करने से आज, आज आपको बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं कुल मिलाकर के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को आज दिन में मिलेगा लेकिन आज आपको कुछ ऐसे अचानक मौके मिल सकते हैं जिसमें आप सफल हो जाए आज आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी मनोकामना पूर्ति होगी लेकिन आज, आज आपको उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज अपने कार्य क्षेत्र में आप लोग जो है दो चार दस लोगों को अदरक वाली चाय ज़रूर पिलाइए साथ ही साथ आज सुबह पीपल के वृक्ष पर जा कर के जलार्पण जल में जो है काला गुड़ और थोड़ा सा शहद डाल करके आप लोग जलार्पण करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात स्कॉर्पियो पे आते हैं वृश्चिक राशि है हमारी अगली राशि आती है तो वृश्चिक राशि के जातकों आज कुछ लोगों से आपको पूरा समर्थन प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ऑफिस के काम से संबंधित आज, आज आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है ये यात्राएं आपके लिए फायदेमंद रहेगी पैसों के संबंध में आज कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है आज किसी कंपनी से आपको जॉब के लिए ऑफर आ सकता है आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से भी आप लोग मुलाकात कर सकते हैं किसी नए मामले में किसी बड़े मामले में आज आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है आज अपने दोस्तों के साथ आज, आज आप लोग खुशी के पल बिताएंगे कोई पुराना दोस्त आज आपको जो है मिल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कुल मिलाकर के आज आप लोग खैर सभी काम में सफल होंगे उपाय के तौर पर बस छोटा सा एक कार्य ये करिएगा कि आज आप लोग शाम को एक तिल के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाइए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ब्राउन और शुभ अंक रहेगा वृश्चिक राशि के जात ये रहेगा पाँच धनु राशि तो धनु राशि के जातकों आज जरूरी काम में माता पिता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा साथ ही अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को सहमत कराने में आज आप लोग बहुत हद तक की सफल रहेंगे आज जीवन साथी आपकी भावनाओं की बहुत ज़्यादा कद्र करेंगे खास करके धनु राशि के जातक स्टूडेंट्स हैं तो इनको आज एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी धनु राशि के जो कारोबारी हैं इनको अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी जरूरी व्यक्ति से मुलाकात करनी पड़ सकती है जो आपको आगे चलकर के लाभ दिलाएगी साथ ही स्टूडेंट्स को भी सीनियर्स की मदद प्राप्त होगी धनु राशि के जातकों नए स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं प्रेम प्रसंग के प्रति भी आज आपका झुकाव बना रहेगा सेहत के मामले में आज आप लोग चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग श्री सूक्त का पाठ करिएगा जिससे धन में भी वृद्धि होगी साथ ही साथ क्योंकि शनि की साढ़े साथ का अंतिम चरण चल रहा है तो सुंदर कांड का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सुंदर कांड का पाठ आज आप लोग जरूर करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा पीला और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा तीन कैप्री कौन मकर राशि तो मकर राशि के जात आज आपको किसी काम से भागदौड़ करनी पड़ सकती है आज दोस्तों के साथ आज आप लोग अच्छा समय बिताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनका समाधान निकालने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है पारिवारिक कार्यों में आज सभी सदस्यों से आपको मदद प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आर्थिक पक्ष में उतार चढ़ाव बना रहेगा आज, आज आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज कई लोग आपकी बात से सहमत होंगे वहीं कुछ लोग असहमत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी आज बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी काम पूरे होंगे आपके सभी कष्टों का निवारण होगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक आठ बार जाप करिए साथ ही साथ आज हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ अगली राशि पर बढ़ते हमारी अगली राशि आती आती है एक्वाइस कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों आज आपकी ऊर्जा का स्तर बेहद ऊपर रहेगा लेवल पर रहेगा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा आपकी अपर रहेगी मतलब जोश आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा आज आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहतर रहने वाला है काफ़ी कुछ नया सीखने को आज आपको मिलेगा माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा साथ ही साथ शाम को अपने माता पिता के साथ अपने परिवार के साथ पत्नी के साथ धार्मिक स्थल पर जाने के योग बन रहे हैं किसी अपनों से आज, आज आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी कुंभ राशि के जातकों छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा आज आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे आज के दिन घर में सुख शांति रहेगी कोई नए जो है प्रोजेक्ट पर आज आप लोग कुछ अपनी राय बना सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए सबसे पहले तो करके दर्शन करिए हथेलियों के दर्शन करिएगा लक्ष्मी कर सरस्वती कर मु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन हम तो इस तरीके से अपने हथेलियों के दर्शन करिए तीन बार इस तरीके से और फिर आज कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलिएगा और अदरक की चाय पी करके निकलिएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक अंतिम राशि पर चलते लेकिन फटाफट दर्शकों आप लोगों से उम्मीद है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा हमारे इस वीडियो को लाइक किया होगा और सब्सक्राइब के बगल में जो एक छोटी सी घंटी बनी है उसको आप लोग जरूर प्रेस करिए हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचेगी अंतिम राशि पर बढ़ते हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जात को आज कलात्मक कार्यो में आपकी रुचि बढ़ सकती है आज आपका कोई जरूरी काम किसी दोस्त की मदद से पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है धैर्य से निर्णय लेने पर आज आपको सफलता के रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे आज जीवन साथी का सहयोग आपको फायदा दिलाएगा आज आप अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार विमर्श भी करेंगे जो कि आपको सफलता की ओर निश्चित रूप से ले जाएगा ऑफिस में प्रमोशन के नए सु अवसर प्राप्त होंगे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा आज परिवार के लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे आज के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा यात्राओं में यदि जाते हैं तो वहाँ सावधानीपूर्वक चलाइए जो है सावधानी पूर्वक चलाइएगा कुल मिलाकर के जीवन में आज लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा उपाय के तौर पर हनुमान जी को आज आपको ऑरेंज कलर का सिंदूर अर्पित करना रहेगा साथ ही साथ हनुमान अष्टक का आज आपको ग्यारह बार पाठ करना रहेगा छोटा सा प्रयोग करिएगा हनुमान जी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं पुनः आप लोगों से निवेदन है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब उसके बगल में घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी जो वीडियो पड़ती है चैनल पर आप तक बिना किसी रोक टोक के आपके नोटिफिकेशन आइकन में पहुँच जाए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार